चल रहा है कैमरे किसी को भी डायग्राम चलाने तो yes, तो तो? yes, तो में ग्राउट है yes, नहीं है तो ये ये देख सकते हैं हैं हमारी लाइव लाइव क्लास हम पे कर रहे है और क्या करने वाले बताओ सर अभी इस मोबाइल इसमें सर जैसे कैमरा ओपन कर रहे हैं ना तो कैमरा चालू नहीं हो रहा है एरर सर इसके देख सकते हैं ये, ये लाइव करने वाले हैं यहाँ पे तो ये लाइव क्लास चल रही है तो ये आप खुद करने वाले तो डायग्राम समझ में आ रही है सभी को याँ। याँ। याँ। ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे आपको आ, मिल रहा है की नहीं मिल रहा है प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल दिखाई दे रहा है तो यहाँ पे आप क्या क्या करेंगे सब चीज बताइए आपके सामने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया है उसके बाद बैटरी हटाने के बाद सर इस पे जो ड्यूल कैमरा निकाल लीजिए हम तो तो थोड़ा सा और इधर लाइए और नीचे करिए और नीचे करिए देखिए तो समझाइए तो थोड़ा सा ऊपर पहले बता दीजिए आप क्या क्या करने वाले हैं सर पहले हम ये कैमरे के टिप्स केप्लाइया है दिख रही है क्या बोला गया जितनी पिन पे लाइने दिखाई दे रही है सब में क्या आना चाहिए सर इन सब में जी आर आना चाहिए ये जो हमारी सप्लाइया दिख रही है इसमें हमें क्या मिलना चाहिए जी आर मिलना चाहिए ठीक है तो आप क्या चेक कर रहे हैं सबसे पहले अभी सर सबसे पहले सर डियर कोइल की सप्लाई यहां चेक करेंगे उसके बाद ये नीचे वाली जो नीचे वाली ये जो कौन सी पिन है हमारी ये 14 नंबर की पिन है यहां पे आप देखिए सर ये पावर एलडीओ से आती है सर ये वोल्टेज की लाइन है हमारी कौन सी लाइन वाली वोल्टेज की लाइन है।, है चेक करें लाइन ठीक है सर इसमें जी आ रहा है हां इसमें भी आ रहा है हां इसमें आ रहा है आपका अगर रीडिंग देख सको तो रीडिंग भी आ रही है हमारी यहाँ पे रीडिंग आपको दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे रीडिंग शो कर रहा होगा फ्रेंड जैसा कि आप देख सकते हैं पे। सब प्यार है ठीक है आ आ रहा है तो क्यों आ क्यों है है है है है हमारा सही सही सही कि खराब अगर मान लीजिए सपोज एक एक रही और पे नहीं आ रही तो क्या करना होगा एक को करना है कि दोनों को करना है दोनों को दोनों ही वो जो डुअल को ही क्या करना होगा जम्पर करना होगा अब बताइए क्या दिक्कत आ रही है चौदह नंबर की आप देख सकते हैं ओयल आ, है, आ, है। तो आ रहा है तो क्या हो गया है लाइन हमारी तो तो तो ओपन हो गई है वोल्टेज नहीं आ रहा है तो अगर आप प्रॉपर चाहे तो आप बना सकते हैं उसमें आप क्या करने वाले स्प्रिन ऐसी ट्रेसिंग करेंगे अगर ट्रेस करने की बात क्योंकि वोल्टेज वाली लाइन है तो और क्या कर सकते हैं इसमें सर हम ट्रेस करेंगे सर अगर वोल्टेज नहीं आ रही है तो सीरीज वाले कंपोनेंट ओपन, हाँ, ओपन हो गया है कोई ना कोई सीरीज कंपोनेंट ओपन हो गया है कोई ना कोई जायज़ सी बात है और डायरेक्ट सोल्यूशन क्या करने वाले हैं आप सर डायरेक्ट सोल्यूशन है सर हम कहीं से भी 1.8 का उठा के जो ओपन डायरेक्ट तो तो सोल्यूशन तो आप यहाँ पे क्या करने वाले है? उस वाले जम्पर लगा देंगे बाईपास करने वाले वहां पे हम देखेंगे की वहां पे बाईपास हमारा काम करता है की नहीं करो तो यहाँ पे लाइव ये करने वाले हैं अच्छा ये तो आपको नॉलेज है ना कि कौन सा वोल्टेज कहाँ से देना है? इधर हमें कौन सा वोल्टेज कब और कहाज तो कब देना है कहाँ से देना है ये आपको डिटेलिंग पता है की नहीं पता चलिए ठीक है तो आप यहाँ पे लाइव देखिए लाइव यहाँ पे हमारा काम चल रहा है ऐसा भी नहीं है की हम कोई भी बाद में काम करा रहे आप यहां पे देखिए लाइव काम करा रहे हैं कि हम यहां से किस सेक्शन से कैसा वोल्टेज दे रहे हैं यहां पर ठीक है अच्छा ये जो सेक्शन से आप वोल्टेज दे रहे हैं ऐसा तो नहीं सॉर्टव हो जाए नहीं सर आपको नहीं। पता है सारी चीजें सीरीज पता है आप नहीं नहीं ठीक है तो ये लाइव लाइव आप देख रहे हैं। काम करा रहे हैं हैं काम करा अपने स्टूडेंट से ये ऐसा तो नहीं कि अभी पहले कर चुके थे दोबारा वीडियो में आप ऐसा कर रहे हैं नहीं सर लाइव अच्छा इधर दिखाइए ये ऐसा तो नहीं कि लाइव कर चुके थे पहले लाइव ही कर रहे हैं ना ये देखते है काम होता है कि नहीं होता है कोई बात नहीं चलता चलिए तो ये हमने देख सकते हैं इन्होंने सलूशन कर दिया है अब ये सलूशन आपको इन्होंने बाईपास किया हुआ है अब देखते हैं कि काम करता है या नहीं करता है ठीक लगा है लगाइए ऑन करिए कैमरा कैमरा लगा दीजिए तो थोड़ा पास में यहाँ पे दिखाईगा सारी चीजें अभी हम लाइव भी कर रहे हैं कि ये सक्सेस होता है कि नहीं होता है चलिए फोन ऑन कर रहे हैं। रहेड बूटिंग। अगर आप कहीं पे अगर गलत जम्पर कर देते हैं गलत दे देते दे, हैं वोल्टेज कितना इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे तो हमने बताया नहीं की कहा से क्या जम्पर किया हुआ है हमने बाईपास किया है पर सही बाईपास किया कि गलत बाईपास अगर आप गलत कर देते तो क्या हो जाता फोन हो सकता है फोन ऑन हो रहा है हमने वीडियो में कोई भी स्किप नहीं किया है जो भी है लाइव कर रहे हैं कोई वीडियो स्किप कर रहे हैं क्या ठीक तो ये फोन ऑन हो गया है अब देखिए फोन हमारा ऑन हो गया है अब इसका कैमरा चालू करिए टच टूटा हुआ है वहाँ पे कोई बात नहीं अच्छे से टच करिए एक बार लॉक करिए हाँ कैमरा उसी को ऑन कर दीजिए ना ऑन हो जाता चलिए ठीक है कोई नहीं लॉक करिए और साइड से इंस्टॉल वो कर दीजिए कैमरा ऑन हो जाए क्योंकि टच नहीं काम कर रहा वहाँ पे अब अनलॉक करिए यहाँ से कैमरा खुल जाएगा साइड करिए राइट साइड हाँ करिए हूँ अच्छा तो ठीक है लॉक हो गया ये देखें लाइव दिखाइए ये, ये देखिए तो ऐसा तो नहीं है फेक वीडियो है नहीं सर आपके सामने लाइव किया है पे क्या मिसिंग थी थी हमारी लाइन हो गई हमने बाईपास किया लाइव आप ही बताइए आपने सही किया है कि झूठ फेक है ओरिजिनल तो है खुद ही ने काम किया नहीं सर खुद ने किया सर मैंने आप देख सकते हो कैमरा आपके सामने लाइव है तो इंडिया का नंबर कौन है? है है कि नहीं नहीं बाकी में भी? आवाज मुझे लग रहा है है? लग रहा कि हाँ तो एक छोटा सा लास्ट में कैसा रहा क्लास आप बताओ सर बहुत अच्छी क्लास है सर में सर कैमरे की जितनी भी सप्लाई होती है सर सबके बारे में डीपली नॉलेज दिया कितनी वोल्ट आएगी कि, कितना जी आर आएगा कौन सी सप्लाई अगर हम टच की बात करें तो टच जो भी हमने अभी सेक्शन किया है उसमें कोई दिक्कत है आपको ऐसा थैंक यू सो मच